खाओ बनाओ 96 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए एंड टेस्टी हेल्दी खिचड़ी वेलकम इन खावनाइंटी 96. सो so, जैसे कि आज शनिवार है तो हम लोग बनाने वाले हैं आज बेसिक खिचड़ी तो सारे इंग्रेडिएंट टिप एंड ट्रिक आप लोगों को देने वाला हूं और जल्दी से जल्दी हम लोग खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं चलो चलते हैं सो so, इंग्रेडिएंट में हम लोगों को सबसे पहले मसाले में बताता हूँ वन फोर्थ टी हम लोग को जीरा लेना है वन फोर्थ टी हम लोग को धनिया पाउडर लेना है रेड मिर्ची पाउडर लेना है और थोड़ा गर्म मसाला लेना है और वन टी हम लोग को हल्दी लेना है हम लोग ने स्मॉल साइज़ में पतला पतला अनियन काट लिया हुआ है स्मॉल साइज़ में टमाटो लेना है चार से पांच बीन्स लेने हैं वन एक ग्रीन चिल्ली लेना है और दो लहसुन की कली लेनी है पतले से कट करना है इसको रखते हैं हम लोग साइड अभी हम लोगों को वन कप राइस लेना है ये अरहर की दाल हम लोग को हाफ कप लेना है और वन फोर्थ कप हम लोगों को मूंग दाल लेना है और घी हम लोग को इसमें लगेगा टू टीस्पून सो कैसे बनने वाला है चलो स्टार्ट करते हैं सो गैस ऑन हो चुका है अब हम लोग मेकिंग करना स्टार्ट करते हैं okay. कुकर गर्म हो गया है गाइस अभी हम लोग अपना बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग घी ऐड करेंगे वन चम्मच सबसे पहले हम लोग का जाने वाला है जीरा उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची फिर हम लोग ऐड करेंगे लहसन इसको हम लोग थोड़ा सा शॉटे कर लेंगे हम लोग ऐड करेंगे अनियंस, अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे हम लोग इसको हीट कर लेंगे हम लोग ने इसको अच्छे से सॉटे कर लिया है ये स्टेज पे हम लोग को अब बीन्स ऐड करना है अच्छे से इसको मिक्स करना है बीन्स के बाद हम लोग को अब टमाटर ऐड करना है और सारे मसाले ऐड कर देने हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक हम लोग इसको पकाएँगे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा फ्लेविंग आ रहा है अब ये स्टेज पे हम लोग को हमारा दाल ऐड करना है हम लोग ने दाल ऐड कर लिया अब इसको हम लोग शॉर्टे करेंगे 30 सेकंड के लिए इसको हम लोग को सॉटे कर लेना है तो अभी हम लोग सॉटे करने के बाद पानी ऐड करेंगे तो पानी हम लोग इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जैसे कि ये गीली खिचड़ी है तो हम लोग इसमें पानी ज़्यादा ही ऐड करेंगे जैसे कि हम लोग ने तीन ग्लास पानी ऐड कर लिया है इसमें अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसी टाइम में हम लोग को नमक भी ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों को इसको तीन सीटी तक हीट करना है तीन सीटी होने के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे गाइज ये तीन सीटी हम लोग का लग चुका हुआ है अभी हम लोग इसमें राइस ऐड करेंगे आप वन कप अच्छे से धो के तो गाइज़ हम लोग का ये रेडी हो चुका है अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे ये हो गया है ओपन अभी हम लोग हमारा इसमें राइस ऐड करेंगे दाल का मसाला एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो अब राइस ऐड करेंगे हम लोग अभी हम लोगों को एक सीटी मीडियम फ्लेम पे इसको हाई फ्लेम पे मत करना एक सीटी हम लोग को मारना है उसके बाद ये रेडी हो जाएगा गाइस ओके तो फाइनल टेक्सचर दिखाते कैसा बनेगा ये इसको वन सिटी के लिए हम लोग को अच्छे से पकाना है हम लोग का खिचड़ी रेडी है अभी हम लोग उसका प्लेटिंग करेंगे आपको दिखाएंगे ये एक सिटी मैंने जैसे कि बताया था वैसे ही पकाया हुआ है तो जैसे मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ बहुत ही प्यारी खिचड़ी है ऐसे ही बनेगी उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट भी लो कि कैसा बना हुआ है तो ये रहा हमारा प्लेटिंग आप ध्यान से देखिए कैसा है ये